today we are going to discuss another type of uh, the renewable energy that we uh, get from the oceans jisko hum tidal energy kehte hain aur tidal power bhi kehte hain basically this is the movement of water because of the gravitational pull jo hota hai because of uh, gravitational pull of moon and sun on the surface of earth uski wajah se jo movement of water hota hai to us movement of water ko hum capture karte hain in the form of electricity एजी एज यू कैन सी इन द पिक्चर यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ प्रोपेलर है जैसे विंड मिल है वैसे ही यहाँ पर एक अंडर सी जब पानी चलता है बिकॉज ऑफ द टाइडल मोमेंट ऊपर ग्रेविटेशन पुल की वजह से ऊपर आता है दैन उसका जो है लेवल नीचे आता है तो उस दौरान जो है ये फैंस वगैरह जो है वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ़ जैसे विंड मिल्स में बिकॉज ऑफ एयर जो है प्रोपेलर जो रोटर है वो रोटेट होता है तो यहाँ पे इंस्टड ऑफ एयर द वॉटर वर्क एज ए मूविंग फोर्स जो इस पर स्ट्राइक करता है तो ट्राइडल एनर्जी जो है ये बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं द मूमेंट ऑफ टाइड्स इन इनटू द इलेक्ट्रिसिटी तो इसके बहुत सारे टाइप्स है तो कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो टाइडस जो अपने uh, जो प्राइमरी स्कूल्स में भी पढ़ा होगा व्हाट इज टाइड टाइड इज बेसिकली जो लेवल ऑफ वाटर रेज होती है इन ओशन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल मून का और सन का जिसकी वजह से एक साइकिल सर्कुलर मोमेंट हो जाती है साइकिल पैटर्न होता है जब भी किसी जगह जो है मून uh, जो है होती है uh, डायक्टली ऑन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ तो वहाँ पर ग्रेविटेशन पुल ऑफ होता है बिकॉज ऑफ द मून एंड सन अब मून की वजह से high tides होते हैं तो Moon मून का ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सन बिकॉज सन इज़ फर्दर दैन Moon. तो so, जो water है ये uh, इस पर ज़्यादा असर होता है ग्रेविटेशन pull का तो ये खींचता है ऊपर आता है तो so, इसी moment को हम capture करते हैं in the form of tidal energy. तो टायरल एनर्जी इज़ टोटली प्रडिक्टेबल ऐसा नहीं है कि विंड एनर्जी जो है अब पता नहीं है विंड कब फ्लो होगी कब जो है स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज़ होगी जो है विंड एनर्जी में हमें 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड बट दैट इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल उसको हम प्रडिक्ट कर सकते कब जो है विंड आएगी कब नहीं बट Tides are टोटली प्रडक्टेबल बिकॉज जो रोटे around the ऑफ़ दून द अर्थ तो हमें पता है किस टाइम मून कहाँ पर होगी एंड वही टोटली कैन प्रडक्टेड तो किस एरिया में ज़्यादा पोटेंशल है टाइटल एनर्जी का that is more predictable as compared to the uh, wind energy तो so, यहाँ पे एक uh, uh, जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं जब लो टाइट्स हाई टाइट्स होते हैं तो सी का पानी बेसिन में घुस घुसता है बेसिन <coughs> होता है जहां पे हम स्टोर कर सकते हैं उस पानी को ये बे हो सकता है बे होता है मींस दैट इज कवर्ड बाय लैंड मास्क फ्रॉम थ्री साइड्स तो एक साइड से सी होता है <coughs> तो वहां पे हम स्टोर कर सकते हैं पानी या एशरीज होती है वहां पे स्टोर कर सकते बैराज बनाते हैं मतलब एक वॉल जैसा बनाते हैं उस वॉल के नीचे एक फैन जैसा होता है जब टाइड्स uh, होती है तो ये पानी अंदर आ जाता है यहाँ पे तो ये फैन चलता है और जब लो टाइड्स होते हैं तो ये पानी नीचे यहाँ आ जाता है तो ऑबियसली ये पानी भी नीचे आ जाएगा बेसन का तो इस मोमेंट को हम कैप्चर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तो यही प्रिंसिपल है इसका <coughs> जैसे विंड <coughs> एनर्जी हम कन्वर्ट uh, करते हैं इन द इलेक्ट्रिसिटी सेम व convert tidal energy into the electricity ab yahan pe tidal energy ko directly correlate kiya jata hai that is the energy from the moon kyunki jo uh, moon ka gravitational pull hai usi ki wajah se jo uh, tidal energy hoti hai to tidal energy is totally independent on like say solar radiations vagara hoti hai to <coughs> solar radiation ki wajah se mean moment ho jati hai तो सोलर रेडिएशन uh, जो है उससे ये बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटेशनल पोल जब तक यूनिवर्स uh, जो है कायम है दुनिया कायम है तब तक ग्रेविटेशनल पोल रहेगा मींस टाइडल एनर्जी तब तक रहेगी जब तक मून है हमारे पास अगर इन फ्यूचर मून नहीं रहेगी दैन दैट विल बी वेरी नगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द on ऑन द अर्थ वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट विल भी द लॉस ऑफ टाइटल एनर्जी टाइटल एनर्जी नहीं होती है तो so, both जो gravitation पोल्स of sun and moon है उसको जो है उससे हमें tidal energy मिलती है तो so, depend करता है कि location of moon and sun कैसी होगी दन उसके base पे हम tides को neap tides and spring tides बोल सकते हैं अगर सन एंड मून परपेंडिकुलर होंगे अदर तो देखो यहाँ पे मून यहाँ पे है एंड टोटली परपेंडिकुलर टू द सन जो है यहाँ पे तो यहाँ पे इसको नी टाइट्स बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो uh, जो है ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे मून का ज़्यादा है यहाँ पे जब पर्ल uh, होंगे एंड सेम लाइन जब होगी जैसे फुल मून और न्यू मून होता है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फुल ऑफ सन एंड मून एड हो जाता है तो यहाँ पे इसको स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं या हाई टाइड्स टाइडस बोलते हैं बिकॉज ऑफ दो बोथ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन नेगेट होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून तो इसको नीट टाइड्स बोलते हैं तो इन ऑर्डर टू बी प्रैक्टिकल जो एनर्जी तो डिफरेंस जो होनी चाहिए कम अज कम बिकॉज ऑफ द टाइट्स पानी का लेवल जो इंक्रीज होना चाहिए कम अज़ कम पाँच मीटर अगर पाँच मीटर uh, से ज़्यादा जो इंक्रीज़ हो रहा है वाटर का लेवल बिकॉज ऑफ द टाइट्स दैन इट इज़ अ गुड द लोकेशन हैज़ अ गुड पोटेंशियल फॉर कैप्चरिंग द टाइटल एनर्जी टू कन्वर्ट इट द इलेक्ट्रिसी तो ओवरऑल चालीसाइट्स है और ऑल द वर्ल्ड जो मतलब आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का या टाइडल पावर का तो ओवरऑल पोटेंशियल जो पूरे वर्ल्ड में बताया गया है एस्टिमेट किया गया है दैट इज़ अराउंड 3000 थाउजेंड फ्रॉम टाइड्स तो पूरे वर्ल्ड में जितनी मोमेंट्स होती है टाइट्स की उससे हम तीन हज़ार ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट दैट एनर्जी इज़ स्प्रेड आउट एट वेरियस लोकेशन अब इंडिया में भी है बहुत सारे जगह गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात कच्च में हो अंडोमान निकोबार में हैं एंड सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में भी है and अब यह काम कैसे करता है <coughs> इससे पहले मैंने बताया था कि कैसे काम की uh, करता है जैसे फर्स्ट जनरेशन अगर जो ट्रेडिशनली हम पहले यूज़ करते थे Uh, for uh, capturing the tidal energy तो so, उसको first generation या barrage style of tidal energy power plants कहते हैं उसको एक uh, dam जैसा बनाया जाता है dam uh, जिसमें नीचे से एक inlet होती है तो inlet में नीचे turbine लगे होते हैं uh, जो generator के साथ connected होते हैं तो uh, जो ही for example uh, sea का पानी increase होगा because of the tidal uh, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून तो ये पानी का लेवल इंक्रीज होगा तो ये यहाँ इसमें चला जाएगा तो ये बनाने का एक ही मकसद है ताकि इस पानी को किसी देर तक हम यहाँ पे रोक सके एक पोटेंशल एनर्जी को यहाँ पे रोक सके हम तो ये अंदर जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर इनलेट से जब ये अंदर जाएगा <coughs> सॉरी तो एक फोर्स के साथ चला जाएगा इसका जो एनर्जी है या स्पीड है वाटर अंदर जाने की वो बहुत ज़्यादा होगी तो उस स्पीड की वजह से यहाँ पे टरबाइन रन हो जाएगा एंड देन इट केट इस कन्वर्टेड इंट एलेक्ट्रिसिटी तो इसके अलावा ये यह वाटर यहाँ पे कुछ देर के लिए सेव हो जाता है रिजर्व हो जाता है और जब लो टायर्ड्स होते हैं तो ये पानी यहाँ सी में इसका लेवल डिक्रीज होता है तो ओबियसली बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ सेम आउट इनलेट से जहाँ से पानी अंदर आया था वहीं से बाहर भी जाएगा और ये फैन फिर से चलेगा तो दोनों साइड से आ, आ, इनकमिंग जो टाइट्स है एंड आउट गोइंग जो है दोनों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो ये ट्रेडिशनल टाइप एक इसको फर्स्ट जनरेशन टाइप ऑफ जो है टाइडल एनर्जी प्लांट्स कहते हैं तो इसमें एक फ्रांस में लॉरेंस में बनाया गया था कनाडा में बनाया गया था रशिया में बनाया गया था और भी बहुत सारी लोकेशंस है जहां पे ये काम कर रहा है अभी इस टाइप के uh, जो है फर्स्ट जनरेशन टाइडल पावर प्लांट्स अब है सेकेंड जनरेशन पॉवर प्लांट्स अब जो फर्स्ट जनरेशन पावर प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम है कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक बैराज बनाना पड़ेगा उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है एंड देन उसमें एक उतनी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हमें टर्पाइन वगैरह लगाना पड़ेगा बट जो सेकंड जनरेशन ऑफ जो पावर प्लान्टल पावर प्लान्ट उसमें एक पोल जैसे बनाते हैं जैसे टावर्स आजकल लगे हैं टेलीकम्युनिकेशन के वैसे ही टावर्स लगाया जाते हैं वो टावर के नीचे ऐस टाइप के प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं जो पानी की मूमेंट की वजह से मूव हो जाते हैं बहुत ही जो आ, स्लो मोशन आ, भी अगर पानी का होगा आ, स्पीड कम भी होगी तब भी ये मूव करता है बट इसको हम बहुत सारे लगा सकते हैं इन सीरीज़ जैसे हम आ, एक विंड फॉम में हम लगाते हैं सीरीज ऑफ़ जो मिल्स विंड मिल्स लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी लगाते हैं तो कंसेप्ट वही है तो इसमें टू एक्सिस वर्टिकल एंड हॉर्जेंटल एक्सिस हम आगे डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल एक्सिस एंड हॉर्जेंटल एक्सिस कैसे वो दो टाइप के वो प्रोपेलर्स होते हैं कैसे वो मूव करते हैं तो ऑन साइड हैज़ ए पोटेंशियल टू जनरेट पावर इक्वल टू थ्री न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पावर जनरेट कर सकता है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें एक इन्होंने एक सेंट लॉरेंस सीवे में एक बनाया है इस टाइप का प्रोजेक्ट जिसमें की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सेकेंड जनरेशन टाइडल पावर प्लांट्स अब दुनिया में वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जो है ये प्रजेंट है टाइडल जहाँ से हम इसको हार्निस कर सकते हैं बहुत जाएगा लोकेशन जैसे ग्रीन आ, डार्क ब्लू कलर का है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे जो है सेव कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो लेवल ऑफ वाटर जो इंक्रीज होती है दैट इज़ मोर देन मीटर्स। तो फाइव मीटर्स तो ये जो लाइट ब्लू है इट इज़ अराउंड फाइव मीटर्स तो यहाँ पे इस हिसाब से पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया गया है तो इंडिया में पोटेंशियल है तकरीबन 8000 हज़ार मेगावाट्स का मींस कि 8000 हज़ार मेगावाट्स ऑफ एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द टाइडल एनर्जी इसमें 7000 हज़ार मेगावाट्स गल्फ़ ऑफ कैनबे इन गुजरात यहां पे गल्फ़ ऑफ कैनबे में 1200 सौ मेगावाट्स इन गल्फ़ ऑफ कच यहां पे इस साइड गुजरात में ही है ये एंड देन हंड्र मेगावाट्स इन गेंगेटिक बेल्ट डेल्टा ये यहाँ पे सुंदर जो है जो मैंग्रूस का एरिया है सुंदरबन रिजन वेस्ट बंगाल में तो ओवरऑल आप याद रखिए कि लोकेशंस क्या क्या है एक गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात गल्फ ऑफ कच एंड में एंड पोटेंशियल इज़ सुंदरबन मेंट्स बाकी में वर्ल्ड uh, में डिफरेंट कंट्रीज है वो आइडेंटिफाई किया है बट वी आर मोर कंसर्नड अबाउट द इंडियन सनेरियो तो अब जो विंड मिल्स होती है टाइडल मिल्स होती है तो ये बेसिकली जो टाइडल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं इट इज बेस्ड ऑन द थ्री टाइप्स एक टाइड मिल होती है एक टाइडल बराज होता है टाइडल स्ट्रीम होती है तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि कैसे हम टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था ये वाला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन उसमें भी हमने तीन टाइप्स के प्रिंसिपल्स पढ़े थे क्लोज साइकिल ओपन साइकिल एंड हाइब्रिड साइकिल वैसे ही यहाँ पर भी है टाइड मिल टाइल बराज एंड टाइल स्ट्रीम तो टाइड मिल बेसिकली एक एनशेंट जमाने में यूज़ किया जाता था ये अगर आप इसको को करेंगे विद द विंड एनर्जी तो परफेक्टली बैठता है उस, उस आइडिया में कैसे पुराने जमाने में एंशंट टाइम में कैसे लोग विंड मिल को यूज़ करते थे फॉर ग्राइंडिंग द ग्रीनस तो जो या ड्राॅइंग वाटर फ्राम द वल्स वगैरह उसके लिए यूज़ करते थे बट यहाँ पे जैसे ये व्हील है फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये व्हील मूव करता है जब भी सी वाटर राइज होता है बिकॉज ऑफ द टाइडल एनर्जी तो उसका एक शैफ्ट लगा होता है अंदर से और दो तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है और उसको जो है यूज़ करते हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द ग्रेन ये भी हर लोकेशन में नहीं लगा सकते बट कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में लगा सकते तो उसके बाद सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनका जो है यूज़ करना बहुत ही रेयर हो गया ट्रेड टाइड मिल्स का तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप ऑफ वे था हाउ वी कैन कन्वर्ट दाइड एनर्जी इन द मेकनिकल एनर्जी तो ये बेसिकली यूज़ होता था इन एसट्रीज एंड बेज जो भी हर किसी जगह यूज़ नहीं होता था जहाँ पे यूज़ कर सकते थे वहाँ यूज़ करते थे उस जमाने में देन आया फर्स्ट जनरेशन जो हमने अभी डिस्कस किया टाइडल बराज इसको बोलते हैं तो टाइडल बराज की एक एग्जांपल है जैसे यहाँ पे ये बनाया गया पूरा एक वॉल जैसा बनाया गया इसके नीचे एक लगे है फैन सी वाले जब भी सी वाटर लेवल यहाँ से इंक्रीज होगी बाहर से तो ये पानी अंदर आ जाता देन uh, जब सी वाटर का लेवल कम हो जाता है तो ये पानी फिर से वापस जाता है इन्हीं जो ये वहाँ पे जो आउटलेट्स है तो यहाँ से पानी बाहर जाता है तो यहाँ पे वो फैंस लगे होते हैं तो वो मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है यही जो है कंसेप्ट है सब में कि कैसे जो है वाटर की मूवमेंट को कैप्चर किया जाएगा देन <coughs> यही अब दूसरे हिसाब में कैसे ये काम करता है जैसे पानी अंदर जाता है देन इट स्टार्ट मूविंग एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो यहां पे भी एक पिक्चर में कैसे पानी अंदर जाता है एंड देन कैसे बाहर जाता है एंड इट गैट्स कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी दिस मोमेंट ऑफ वाटर तो इसमें एक पिक्चर है ये वाला ये, ये रैंस टाइटल पावर स्टेशन है ये फ्रांस में है लॉरेंस जिसको मैंने अभी बताया था इसमें ये ओपन किया गया था 26 नवंबर 1966 में तो ये जनरेट करता है 240 फोर्टी मेगावाट्स ऑफ पावर तो इसमें 24 फोर लगे होते हैं ये वाले ये जो टर्बाइन है ये 24 लगे हैं इसमें तो इट्स सप्लाई पॉइंट जीरो परसेंट पावर डिमांड मीन्स पॉइंट ऑफ पावर डिमांड सप्लाई करता है तो फ्रांस एक सिंगल स्टेशन मीन्स ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है उसके बाद टाइडल स्ट्रीम आ, इसको हम आ, टाइडल एनर्जी कन्वर्टर भी बोलते हैं बेसिकली जो हमने बराजे बनाए या विंड हमने देखे उसके आ, जो बरक्स एक आ, इस टाइप के प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं अंडर द वाटर उसमें फैंस ऐसे स्टार्ट के लगे होते हैं जब भी मूवमेंट ऑफ वाटर होती है तो ये मूव करते हैं तो बहुत ही लो प्रेशर में जो है ये मूव करते हैं एज कम्पियर टू एयर जो डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा होती है तकरीबन आठ सौ टाइम्स ज़्यादा होती है डेंसिटी तो उस डेंसिटी की वजह से जो है मूमेंट ऑफ़ जो प्रोपलर्स है बहुत अच्छी होती है बिकॉज जो कंटेक्ट होता है पानी का बहुत ही अच्छा होता है कि तो टू तो तो प्रोपेलर्स तो ये मूव करता है तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत ही ज़्यादा होती है तो ये हमने इसे पहले भी डिस्कस किया था कि आ, उसमें एज कंप्यूटर न्यूक्लियर पावर प्लाट्स अगर हम देखेंगे तीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्राम दीज काइंड ऑफ टाइडल स्ट्रीम्स तो अब जो टाइडल टर्बाइनस होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं अब इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन है एंड वेंचरी टाइप ऑफ टर्बाइन है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन क्या होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जनरेटर होता है ये शैफ्ट होता है तो ये कनेक्ट होता है टू द ये प्रोपेलर्स जो है जब ये पानी मूव करता है तो ये ब्लेड्स पे जब पानी टकराता है ये मूव करता है तो ये जब मूव करता है तो ये शाफ्ट भी मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो ये सिंपल इसका प्रोसीजर है तो पानी यहाँ से आएगा यहाँ से चला जाएगा और ये ऐसे घूमने का तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पियर टू हॉरिजेंटल टरबाइन बिकॉज़ ये कम पानी जब भी आ जाएगा अगर फ्लो ऑफ वाटर कम भी है उसमें भी ये वर्क अच्छे से करता है इसकी एफिशेंसी एंड सर्वाबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसके अलावा हॉरीजेंटल एक्सिस टर्बाइन इस टाइप के होते हैं उसमें इस टाइप के जो प्रोपेलर्स लगे होते हैं ये तो आ, यहाँ पे अभी तो अभी वाटर के लेवल बहुत कम है बिकॉज ये लो टाइड सिचुएशन है यहाँ पे जब हाई टाइट्स होते हैं तो ये पूरा पानी में आ जाता है तो ये जब पानी का लेवल इंक्रीज होता है तो ये मूव करता है तो दिस इज़ ए हॉर्जेंटल फैन टाइप ऑफ जो सिस्टम है जैसे विंड मिल्स में होता है वैसे ही तो यहाँ पर जो <coughs> जो है डायमीटर मीटर ऑफ दो दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ टर्बाइन विद स्मॉलर डायमीटर ब्लेड्स विद डिफरेंट डिजाइन अब इसके भी डिफरेंट डिज़ाइंस है अब ये जो ब्लेड्स uh, है ये स्ट्रॉग होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द विल्स के ब्लेड्स बिकॉज ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है बहुत ही ज़्यादा होती है इससे जो है खराब हो सकते हैं डिस्ट्रॉय हो सकते हैं तो जब पानी ऊपर आएगा तो ब्लेड्स मूव करेंगे एंड दैन जब पानी नीचे आ जाएगा तो फिर से मूव करेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे लगे होंगे सीरीज़ में एक लोकेशन पे खाली एक नहीं होगा एक से उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट नहीं होगी तो ये पूरे जितने भी स्टेशन्स होंगे ये कनेक्टेड होते हैं ट्रू तो द ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्म जो है उसको फिर एम्प्लीफाई करता है वोल्टेज को एंड दैन दे सप्लाई को द लोड लास्ट टाइप ऑफ टर्बाइन इज़ेंचरी काइंड ऑफ टर्बाइन इसमें आ, एक जो है बनाया जाता है आ, ये बेसिकली उन लोकेशंस में आ, रखा जाता है जहाँ पर वाटर लेवल बहुत ही कम हो मींस की तो वालासिटी ऑफ जो वाटर है करोस द टर्बाइन जो तो इंक्रीज होती है जब भी हम किसी आ, पर्टिकुलर एरिया से पानी घुसाएं की स्पीड इनक्रीज़ हो जाएगी जैसे हमने बराज में भी देखा तो वेंचुरी टाइप ऑफ जो है सेटअप वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे पानी का लेवल कम होगा शैलो होगा तो यहाँ पे ये लगाया जाता है वेंचुरी टाइप तो पानी जब इस एरिया से घुसेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो बाक़ी एरिया से पानी आएगा तो यहाँ पे फैंस जो लगे होते हैं डायरेक्टली नहीं लगे होते जैसे यहाँ पे आपने देखा फैंस एस ये इसमें कोई कवर नहीं होता श्राउड नहीं होता है श्राउड मीनस पूरा इसमें कवर नहीं होता है पूरा खुला होता है बट एज कम्पेयर टू दिस हॉरिजेंटल एक्सिस दिस इज कवर्ड बाय सम मेटेलिक जो है इसका कुछ एरो इसका कुछ जो है डायमेंशनस होगी जिसकी वजह से स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज या डिक्रीज होगी डायनमिक्स होगी इसके तो कैसे ही वो हाइड्रोलिक हाँ, प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है पैन्स पे वो इसमें उस टाइप के जो है डायमीटर्स हो गए उस टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं तो बेसिकली तीन टाइप्स के जो टाइडल टर्बाइनस होते हैं अब टाइडल एनर्जी के क्या एडवांटेज हैं तो फर्स्ट इट इज़ पोल्यूशन फ्री अब इसमें पल्यूशन एक ही चीज़ से हो सकता है दैट इज़ वन वी आर मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट्स जो हम ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उस टाइम फैक्ट्री में जब हम बनाएंगे उस टाइम में कुछ पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है बट वो तो हर किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड होता है उस टाइप का तो व्हेन द एनर्जी इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ टायर देयर इज नो पोल्यूशन तो ये एक रिसोर्स ऑफ एनर्जी है तो विंड uh, एनर्जी के हिसाब से uh, जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशियंट है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट हंड्रेड टाइम्स मोर पे द डेंसिटी ऑफ एयर तो डें डेंसटी का कंसेप्ट यहाँ पर जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना जो है एनर्जी ज़्यादा होगी तो कोल्ड एयर जो होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो किसी भी लोकेशन में जहाँ पर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द वन मिल्स तो वैसे ही यहाँ पर है जब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी ज़्यादा then fourth एडवांटेज is, is it is predictable uh, energy as compared to uh, wind and solar solar energy भी unpredictable है कहीं पर क्लाउडी हो जाएगा तो कहीं पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसकी एफिशेंसी में भी असर पड़ता है बट टाइडल एनर्जी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ डीज जो है वो उसका अलग जो ग्रेविटेशन पुल का भी इन्होंने डिस्कवर किया किया था कि कैसे ग्रेविटेशन पुल होता है बिकॉज ऑफ सम वेव्स ग्रेविटेशनल वेव्स तो वो टोटली इंडिपेंडेंट है ऑन ऑल अदर सोर्सेस सेकेंड जनरेशन इज़ वेरी फ्यू डिसएडवेंटेज मींस कि uh, इसके कुछ डिसएडवेंटेज uh, बहुत कम है फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता है जैसे हम समंदर में लगाएंगे तो हम आ, जो है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही लगाएंगे पूरा हम समंदर में नहीं जाएंगे ये और शोरस के नज़दीक लगता है जहाँ पे हम बैराज वगैरह बना सकते हैं जहाँ पे एचुरीज वगैरह वहाँ पे बना सकते हैं तो सिल्ट डिपोजशन में भी ये जो है उतना उसमें इंपैक्ट नहीं करता है आ, जो है लेस कॉस्टली है मैंटेन्स कॉस्ट भी है एज वेल एज इंस्टॉलेशन कास्ट भी बहुत कम है इसका बस बट इसके भी कुछ डिसएडवान्टज है प्रजेंटली जो है इसको बनाना थोरेटिकली तो ये बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी बट प्रैक्टिकली इट इज मोर कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव बिकॉज सिटल देयर आर समेक्नोलॉजीज टू बी इंट्रोड्यूस्ड समोवेशूस्ड तो इसमें तकरीबन कोई एक प्रोजेक्ट में शायद आ, एक हज़ार पचासी मेगावाट्स फैसलिटी में तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो कॉस्ट आया था कंस्ट्रक्शन में एंड मेंटेनेंस पूरा रनिंग कॉस्ट में <coughs> तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्राबैक है उसके अलावा कनेक्शन टू द मेन ग्रिड तो अब जो यहाँ से एल्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वहाँ उसको मेन ग्रिड से कनेक्ट करना वो भी ड्राबैक है किस टाइप की जो है केबल्स वगैरह बिछानी पड़ेगी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तो इसमें अभी मैंने जो कहा टेक्नोलॉजी फुली डेवलप नहीं है बरा स्टाइल इज़ ऑनली प्रोड्यूसिंग एनर्जी अबाउट टेन आवर्स आउट ऑफ द डे तो खाली दस घंटे एनर्जी प्रोड्यूस करता है बरा स्टाइल जो फर्स्ट जनरेशन टायल पावर प्लांट्स है इस टाइप के तो इसमें बराज स्टाइल में जो फर्स्ट जनरेशन में कुछ एन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी है जैसे सच है फ़िश एंड प्लांट माइग्रेशन अब फिशेस जो होती है माइग्रेट करती है फ्रॉम वन एरिया टू वन अनदर एरिया तो अगर हम वहां पे बराजस बनाएंगे देन फिश मूवमेंट विल बी देन फिश मूवमेंट विल सफ़र जो फिश की जो रिप्रोडक्शन साइकिल होता है स्पानिंग वो करता है फ्राम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन उसमें जो दिक्कत आ सकती है सिल्ट डिपॉर्शन में अगर हम बराजस बनाएंगे देन सिल्ड डिपॉशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है देन लोकल टाइट चेंज इफेक्ट स्टिल अंडर स्टडी कुछ अब लोकल एरियाज में क्या क्या चेंज आई है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी एप जब इंस्टॉल करेंगे वो अब uh, स्टिल जो है अंडर द वर्क है अंडर द रिसर्च है ये जो अनर्जीज़ है जैसे हमने कल पढ़ा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन वो भी स्टिल अंडर प्रोसेस है में भी स्टिल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है और उसके अलावा ये वाली भी एनर्जी भी है बिकॉज़ दिस इज अ वास्ट काइंड ऑफ एनर्जी इन स्प्रेडेड आउट ये एक जगह कंसनट्रेटेड नहीं है जैसे हम हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं तो हम वहाँ पे डैम बनाते हैं एक एक जगह पूरी एनर्जी हमें मिलती है पोटेंशियल तो वहाँ पर हम पूरा एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कितने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस है चाहे हम थर्मल बॉर प्लांट्स बनाते हैं वहाँ पे भी हम पूरा गेस कर सकते हैं बट ये जो एनर्जी है पूरी स्प्रेड uh, आउट है ऑन द सी जो सरफेस है तो उसको पूरा अस करना उसके इम्पैक्ट्स को अस करना और उस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना कि कैसे हम उसको एक प्रॉफिटबल वे में एक कमर्शल लेवल पर हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते अभी इतनी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया हो एट कमर्शियल लेवल इेस्पेक्टिव ऑफ सम डेवलपिंग कंट्रीज जैसे रशिया है कनाडा है फ्रांस है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रांस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया डायल एनर्जी तो उसके अलावा अभी सी से हम हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है विन वेव एनर्जी जो, जो वेवस से हम एनर्जी ले सकते हैं तो वहाँ पर भी हम जो जो सेकेंड जनरेशन ऑफ जो टाइडल पावर प्लाट्स है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो वेव्स आती है तो उसकी वजह से भी जो है uh, जो टाइडल मिल्स के फैंस रन कर सकते हैं तो उसको भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये दो थे आपके जो एनर्जी हम प्रोड्यूस uh, कर uh, जो हार्नेस कर सकते हैं फ्रॉम द ओशन वन इज़ द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन टाइडर एनर्जी उसके अलावा भी छोटी छोटी एनर्जी जैसे विंड वेव एनर्जी है uh, भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत ही सोफिसटिकेटेड तरीके में बहुत सारी एनर्जीज uh, जो आ रही है बट मोरलैस देर कनेक्टेड टू द ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्शन एंड टाइडर एनर्जी एंड